एक समय था पन्ना टाइगर रिजर्व टाइगर विहीन हो चुका था लेकिन अब यहां बाघों की दहाड़ सुनाई देती है प्रकृति की लाख नियमतों के बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व की मंचली के दीदार हो जाएं तो मान लीजिए आपका पन्ना आना सफल हो गया है मंचली कब क्या कर दे कोई नहीं जानता मंचली की चाल ढाल देखते ही बनते हैं पन्ना के जंगलों से मंचली की चाल की दास पर पेश है दखल न्यूज की संपादक शेफाली गुप्ता की ये खास रिपोर्ट ये वो जंगल है जिसका तिलिस्म तोड़ पाना नामुमकिन है इस जंगल में कुदरत ने इतनी नेमतें दी हैं जिसका बखान करना आसान नहीं है मध्य प्रदेश के इस जंगल को पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की भरमार है अनगिनत वनस्पतियों का यहाँ जंजाल है विन्द पर्वत का ये हिस्सा हर बार एक नई कहानी कहता नजर आता है हर पल रंग बदलते पन्ना टाइगर रिजर्व में पहुंची दखल न्यूज की टीम आज दखल न्यूज की टीम पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंच चुकी है और यहाँ पर आज हम मुलाकात करेंगे जंगल के राजा शेर जी हाँ पन्ना टाइजर टाइगर रिजर्व जो है उसका बहुत टूरिस्ट आते हैं और उनकी सिर्फ एक इच्छा रहती है कि कैसे भी करके शेर से मुलाकात हो जाए तो उसी एक मुलाकात के इंतजार में हमने ये यात्रा शुरू कर दी है और जल्द ही जैसे ही हमारी आंखें चार होंगी शेर से वैसे ही हम आपको फिर से जोड़ेंगे पन्ना जंगल को उन्नीस में एक वन्य अभरण के रूप में घोषित किया गया 25 अगस्त 2011 हजार ग्यारह को बायोस्पीकर रिजर्व के रूप में ये नामित किया गया इसे 1994 में भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित किया पन्ना भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का पांचवां टाइगर रिजर्व रहा एक समय पन्ना में टाइगर के दर्शन नामुमकिन हो चुके थे लेकिन अब बात अलग है राजे महाराजाओं के इस हंटिंग ग्राउंड में तब बाघ मारे जाते थे अब जहाँ उन्हें संरक्षण मिलता है ये जो दिखा रहे हैं ये हंटिंग बॉन्ड है और यहाँ पर महाराजा लोग आकर शिकार रहा है करते थे मैं और दो हजार से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है जिसमे लाल तिर वाला गिद्ध बारह हंस हनी बुजाड़ और भारतीय गिद्ध शामिल है यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में बाघ मतलब टाइगर तेंदुआ सांभर चीतल चिंकारा, और भालू की अपनी-अपनी है। है हैं। उससे हम लोगों को पता चल जाता है की कोई जानवर है बिल्कुल ये जैसा की मनोज जी ने हमको बताया की बहुत मदद करते हैं ये जब अलार्म कॉल देते हैं तो पता चल जाता है कि कोई आ... खूंखार जानवर हमारे आसपास हमें देखने में सहायता मिलती है इस जंगल में कई बाघ है। हैं और पहचानते हैं वे जंगल की नस नस से वाकिफ हैं, वे जंगल को समझते हैं इसलिए बहुत ही एहतियात से जंगल में लोगों को ले जाते हैं ये जंगल जितने खूबसूरत और तिलिश्मी है उतने ही खूंखार टाइगर जहाँ राज करते हैं ये सांबर डियर है और आप इनको बहुत नजदीक से देख सकते हैं ये बहुत तादाद में हमको मिले हैं ये बहुत नजदीक से नजर आ रहे हैं ये भी है है मैं देख कर। <laughs> सेल्फी पोस्ट दे रहे हैं और ये अपने भोजन की जी जी, जी, ये भोजन।, तो अपने भोजन की तैयारी में हैं जी जी मनोज ये ये अपना पत्ते डियर है घोट का पेड़ जो है वो पत्ते दो पैरों पर पे खड़े होकर पेड़ से खाता है और जंगल है जंगल में एक साइकिल चलती है ये पत्ते खा रहे हैं शेर इनको खाते हैं आगे मनोज जी अब हम अपनी यात्रा आगे शुरू करें देखते हैं कि अब आगे हमें और कौन दिया ये खुला आ गए हम कहा मेरी जाने जागा भीगा ऐसे में है तू कहा ऐसे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं क्योंकि हम हैं पन्ना के पन्ना टाइगर रिजर्व खूबसूरत वादिया खूबसूरत जंगल घना जंगल हमारे टूरिस्ट गाइड जो हैं वो हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर बारह मौसम बारह महीने बारह कलें कैलेंडर के पेज बनाए जा सकते हैं हर महीने का एक अलग नज़ारा यहाँ होता है और आज एक ख़ूबसूरत नज़ारा हम भी देख रहे हैं सुबह से बारिश हो रही है काफ़ी धुंध है पहली गाड़ी हमारी जो एंटर हुई है पन्ना टाइगर रिज़र्व में ऐसे में हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं पन्ना की मंचली को और मनोज जी हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर नदी जो है वो 55 किलोमीटर रहती है और सबसे साफ नदी है मनोज जी ये जो 55 किलोमीटर नदी रहती है उसी पानी पानी के सहारे ये पन्ना टाइगर रिज़र्व जो है वो रहता है और यहाँ के जितने भी जानवर हैं वो वहाँ पानी पीने जाते हैं ठीक नदी के सहारे तो रहते ही है बाकी इसमें बहुत से नेचुरल सोर्सेस हैं वाटर के जो तो जिसको हम लोग लोकल में झिरिया बोलते हैं जैसे निकल छोला झिरिया वहाँ पानी बगल पल जुड़ी नाला है स्प्रिंग वाटर है और कुछ तालाब हैं और समर में कुछ हम लोग मैन पेड वाटर होल बनाए जाते हैं उन पानी डाला जाए बाकी ट्रेन रिवर तो है ही लाइफ लाइन मनोज जी ये भी बता रहे हैं कि यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ न्यु� बहुत सारी आ, जिसको नॉलेज है बाकी आजकल के लोग विश्वास कम करते हैं चीजों है तो वो तो भागते बाकी जिसको पता है तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका कैंसर भी ठीक हो चुका है से। जंगलों में रहते थे और उनको हुआ पता, हॉस्पिटल में पता चल गया बाद में पता नहीं वो क्या क्या रिस्के लगाते रहे बच्चे ठीक हो गए पन्ना टाइगर रिजर्व में अब तक एक भी बाघ का दीदार नहीं हुआ तभी अचानक जंगल के इस रास्ते पर एक टाइगर के दीदार हुए अपनी मस्ती में मस्त रमता जोगी की तरह टाइगर उस रास्ते पर चल रहा था जिस पर हमारी गाड़ी थी या कहें, हम जंगल के राजा के रास्ते पर उसको फॉलो कर रहे थे या वो हमें अपने अंदाज में जंगल का दीदार करवा रहा था हमें बताया गया है ये पन्ना टाइगर रिजर्व की महारानी मन चली है जिसके मूड का कोई भरोसा नहीं है यह अपनी अदाओं और हरकतों से सबको आश्चर्य में डाल देती है मंचली को यूँ देख पाना किसी सपने के हकीकत में तब्दील होने जैसा ही है ये देखिए हम बिल्कुल उसके साइड से गुजर रहे हैं उसके बगल से गुजर रहे हैं और ये यहाँ बिल्कुल पूरे अपने मूड में साथ में चलती हुई हमारे और ये मंचली की बिल्कुल हम साइड से निकल गए यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर और ये हमारे पीछे आई है और ये एकदम करीब हम उसके पहुँच चुके हैं और यहाँ तेज हो रही है निकाल। ये ये ये ये का। ये मेरी बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ कहा मुकेश जी आप हमारे देश के टॉप टूरिस्ट गाइड हैं इस प्रोफेशन में कैसे आए क्या है मेरा जो जन्म हुआ वो मेरा जो गांव है जंगल के पास से लगा हुआ हमारे जो पापा जी थे वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट में थे ललित तो उनका ये सारा चिप लगता था तो हमें जब भी मौका लगता था तो छोटे जंगलों के साथ गांव से बहुत आते जाते रहते थे तो एक अंदर से एक लगाव था तो जंगल बीच बीच में और इन जॉब लगे उसने आई एजन किया उसके बाद ललित में भी जॉब मिली तो मन नहीं लगा फिर एम का जो जंगल कैम्प है उसमें भी लेकिन इस काम में मजा आता है ये आईएचएम करने के बाद मतलब खाना पकाने के बाद ये शेरों के बीच में घूमना ज्यादा पसंद करते हैं बिल्कुल क्योंकि इसमें रोज नया होता है कुछ ना कुछ डेली नया होगा आपके साथ में तो दोनों में फर्क है आईएचएम करके भी डिशेस रोज नहीं बनाई जा सकती थी लेकिन लगा हुआ आपको जंगल से हो गया एडवेंचर भी है बिल्कुल मनोज जी जिस तरीके से कह रहे हैं नंगल जो है ना वो सबको खींच लेता है हमें भी अपने ओर खींच लाया है आए हैं और मंचली को ना देखते तो यात्रा शायद पूरी नहीं होती हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है हम, हमारे टूरिस्ट गाइड मनोज ने हमको पन्ना की सबसे खूबसूरत टाइगर्स मंचली दिखा दी है और अब यहाँ पर आकर हमारा ये सफर खत्म हुआ है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का